सर कभी जाओ तो जा तो तो मैं नहीं आ रहा नहीं नहीं तुम्हारे साथ कोई खा नहीं पाएगा ठीक है, लेकिन सामान ज़्यादा अच्छा है, पे है। ये मैं तो ठीक ऊपर नीचे आओ बुला रहे हैं। क्या? नहीं वो नीचे बुला रहे हैं कब से तेरे को तीन बार कॉल किया उठाओ कहना है कहना कहना कहना है, कहना है, कहना है, कहना है। आज तुमसे ये पहली बार हो तुम ही खुलाई हो जीवन मेरे या कहना कहना है कहना है आज तुमसे पहली बार है ज़रूर कोई कमी है जो पाई जाती है जब अजनबी कोई आता है उनकी महफिल में तो एक शमा उसी दम जलाई जाती है शमा जला के वो फ़ौर बुझाबी देते हैं शमा जलाकर वो फौरन बुझा भी देते हैं धुएं की तरफ फिर उंगली उठाई जाती है धुआं दिखा के वो कहते हैं आने वाले से धुआं दिखा के वो कहते हैं आने वाले से कि आशिकों की ये हालत बनाई जाती है हो सके तो इसमें जिंदगी बिछा दो पल जो ये जाने वाला है हो, हो, हो आने वाला पल जाने वाला है एक बार यू मिली मासूम सी कली एक बार यू मिली मासूसी कली मैं तो यूज़ तो हो यूका हूँ कागज के दा जो था। था। जो <laughs> <गाँगे>। <laughs> दो पंख लेके घोड़ा चला जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वही चला जाए रे उम्र का ये ताना बाना समझ ना रे जो जो, में जो बाया। लेकर चली। हाँ में। <laughs> में ले मिले चिल कसम की कसम कसंग के कसम से हम को प्यार है सिर्फ तुम से अभी The future is ours to see. Yes, it is. What will I be?